मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पन्ना में तिरंगा वाहन रैली में भाग लिया और सभी से तिरंगा लगाने की अपील की वीडी इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित लोगों के घर भी पहुंचे और उन्हें भी तिरंगा अभियान से जोड़ा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गयी और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगो से निवेदन किया गया आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वीडी शर्मा ने एक विशेष अभियान शुरू किया और पन्ना में उन हितग्राहियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभ लिया है उन्हें तिरंगा भेंट किया शर्मा एक ऐसी महिला के घर भी गए जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री आवास मिला है शर्मा ने कहा मैं सबसे आह्वान करता हूं कि हर घर में तिरंगा लगाकर आजादी के इस पावन पर्व को हम ऐतिहासिक मनाये मंत्री जी निराशी के आह्वान पर और आज एक विशेष कार्यक्रम विशेष अभियान पन्ना के अंदर उन हितग्राहियों को जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से लोग लाभान्वित हैं उन लोगों को भी ध्वज लगा करके आज मैं एक हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहन के घर गया जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है और प्रधानमंत्री आवास में उस बहन को तिरंगा देकर उस घर पर तिरंगा लगाने का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने भी हमारे हितग्राही हैं प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित हैं उनके भी हर घर में तिरंगा फेरे झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के अट्टालिकाओं ले तक हर व्यक्ति तिरंगा के इस अभियान में जुटाए इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आज 14 अगस्त का दिन है और कल 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगा करके इस आज़ादी के पावन पर्व को हम ऐतिहासिक पर्व बनाए इसी आह्वान और अपील के साथ मैं सबको पंद्रह अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना चेंज इज वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी बिगिनिंग चेंज इज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दस्ट फॉर मिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन